नमस्कार मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक स्टॉक मार्केट के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो आज आ, कल हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एक स्टूडेंट ने तो मतलब आ, आ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे वो ओडिया में लिखे हैं कि भाई थैंक यू सुबह ही प्रॉफिट हो गया आपका वीडियो देख के और वीडियो आप बनाते जाइए बहुत ही अच्छा लगा हमें ये ऐसे रिस्पॉन्स मिलते ही तो अभी हम चलते हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और आपको दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में तीन स्टॉक्स जो कल मूवमेंट दे सकते हैं और उनमें आप पैसा कमा सकते हैं आप हो सकता है तो स्टॉक्स कल ही बुक कर सकते हैं प्रॉफिट या पोजिशनल के लिए भी रख सकते हैं अच्छे दो पैसे आपको मिल सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं निफ्टी अगर देखा जाए एक रेजिस्टेंस लेवल से घूम के आया और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जो रहा है 17400 का वहाँ पर रजिस्ट होके वापस गया और आज सवेरे गैप अप ओपनिंग में खुला और रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे आया है देखा जाए तो जरा सा निफ्टी अभी कल जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है सत्रह में और नीचे अगर देखें 20 और 25 का जो क्रॉसओवर है निफ्टी मूविंग एवरेज का तो यहाँ पर सीधा लग रहा है मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग हो सकता है ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर देखें तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट अभी अगर देखें नैसडेक 138 पॉइंट पॉजिटिव में है अगर ये पॉजिटिव क्लोज करता है हो सकता है सवेरे आपको एस जी भी पॉजिटिव में देखने के लिए मिले तो गैप ऑफ ओपनिंग का चांसेस है मार्केट में ठीक है तो यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से तो रेजिस्टेंस लेवल से रीचे आया है यहाँ पे थोड़ा हम सबर करना सब, सबर कर सकते हैं और चौपी मार्केट लग रहा है नेगेटिव या चौपी लग रहा है लेकिन ग्लोबल मार्केट का क्लू बता रहे हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग और ये जो मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहा है तो मेरे हिसाब से कल पॉजिटिव ही खोल सकता है मार्केट आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा था और यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना है क्या पैटर्न बना है आप अगर चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं उनके बारे में आइडिया है तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न में एक बाइलेटरल पैटर्न है ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं कर सकता करता तब तक बताना मुश्किल है कि इस साइड में मार्केट जा सकता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन आप अगर डेली कैंडल आवरली कैंडल चार्ट देखें तो मार्केट फ्लैट ही लग रहा है अभी देखते हैं 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट का चार्ट में बहुत ही जोर से देखने के लिए मिला है मार्केट अगर 14,420 तोड़ता है तो बहुत ही मंदी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में आपको 17,140 17,140 या फिर उससे भी नीचे आपको 16,800 तक भी देखने के लिए मार्केट मिल सकता है लेकिन जब कभी भी मार्केट बढ़ता है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट ऐसे बढ़ के गया थोड़ा डाउन गया फिर बढ़ के गया थोड़ा डाउन गया फिर बढ़ के गया थोड़ा डाउन गया तो ये डाउन जो गया है ये गिरने के लिए गया है या बढ़ने के लिए गया है ये पता चलेगा अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो तो कल अगर फिफ्टीन मिनट चार्ट में भी अगर देखेंगे तो ट्वेंटी 20 और टू का एक क्रॉस होने वाला है अगर ये क्रॉस कल देखने के लिए मिल जाएगा पंद्रह मिनट चार्ट में तो प्राइस बहुत ही ज़ोरों से तेज़ी में आ, देखने के लिए मिल सकता है तो यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि ग्लोबल क्ल्यूज बहुत पॉजिटिव है ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है यहां से मार्केट बुलिस लग रहा है कल अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो आप बाई में काम कर सकते हो फ्राइडे है फ्राइडे है मतलब कॉल में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि प्रीमियम डी उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन आप सवेरे 11-12 बजे के अंदर ही ट्रेड खत्म कर दीजिए निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो चल चलिए बैंक निफ्टी के बारे में सोचते हैं आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो प्लीज़ बताइए हो सकता है आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे तो पहले देखेंगे डेली कैंडल चार्ट डेली कैंडल चार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है 40,000, हज़ार ठीक है ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया मार्केट गिर के आया और यहां से रिट्रेस होकर ट्वेंटी एवरेज को सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहा है एक सेकंड मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज चेंज कर लेता हूं यहां पे थर्टी है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ रहा था इसलिए यहां पे है कोई बात नहीं ट्वेंटी मूविंग एवरेज को टच करके गया है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ था बुली सिंगल फिंग आउट कैंडल पैटर्न बना था और यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हूँ यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है डेली कैंडल चार्ट फ्लैट या फ्लैट पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है गैप अप ओपनिंग होगा फिर भी फ्लैट में चला जाएगा और ऐसे ही सिचुएशन में रैली देखने के लिए मिलता है आप अगर देखेंगे इससे पहले यहाँ पे ऐसा हुआ था मार्केट बढ़ा था नीचे थोड़ा गिरा था और गैप ऑफ ओपनिंग और फिर रॉकेट राइट तो हो सकता है यहाँ पर भी वो पोजिशन दोहराने का चांसेस मिले अवोली कैंडल चार्ट में देखें तो फिर से वही नाटक है प्राइस ऊपर गया था नीचे के आकर यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है राइजिंग वेज बन रहा है ये एक बैरिज पैटर्न है लेकिन बता नहीं सकते 20 मूविंग एवरेज के पास ही ये सपोर्ट लिया है 15 मिनट कैंडल के बारे में बात करें तो राइजिंग वेज तोड़ चुका है और 200 मूविंग एवरेज को ट्वेंटी मूविंग एवरेज डाउन में क्रॉस करने वाला है तो जितना दूर तक मैं सोच पा रहा हूँ बैंक निफ्टी कल मार्केट को सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी के बारे में हम बात करें बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो आपको नेगेटिव साइड में अगर जाए तो अड़तीस हजार तक देखने के लिए मिल सकता है अड़तीस हजार चार तक देखने के लिए मिल सकता है ये पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है पॉजिटिव साइड में अगर चला तो निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए मैं चौपी और निगेटिव के बारे में सोच रहा हूँ ठीक है अभी चलते हैं स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स कल मूवमेंट दे सकते हैं या फिर पोजिशनली मूवमेंट दे सकते हैं आप अगर फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हो या फिर इंटरेडे करना चाहते हो तो पहला स्टॉक आपके लिए है भेल भारत हेबी इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी हेड एंड शोल्जर पैटर्न बन चुका है नेक लाइन ब्रेकआउट कर चुका है सत्तावन रुपये पचपन पैसा चल रहा है चौवन रुपये साठ पैसे का स्टॉपलस लगा सकते हैं चौवन रुपये का भी लगा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता तो तीन रुपये का स्टॉपलस और टारगेट है पैंसठ और इकहत्तर इसको आप पोजिशनल बाय कर सकते हो हो सकता है कल ये स्टॉक रॉकेट बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बने रही है में तेजी है आपको दो पैसा ये देगा सेकेंड जो स्टॉक है आपके लिए देखिये बहुत सारा मेहनत करके स्टॉक्स आपके लिए चुन रहा हूं काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा हौसला बढ़ाता है और आपको हम हेल्प कर पाएंगे आगे जाके यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डेली कैंडल चार्ट में क्या बना था एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है और ऑपर साइड में ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी हाई को तोड़ चुका था लेकिन वापस आया है कोई बात नहीं तीन ग्रीन कैंडल्स, थ्री वाइट कैंडल्स टिक पैटर्न गूगल कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ थ्री वाइट शोल्डर ऐसा बहुत बो, हैं, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है नीचे वॉल्यूम देख रहे हो बहुत दिनों का वॉल्यूम तोड़ के ऊपर आया तो यहाँ पे बायर और भी एक्टिव हो जाएंगे हो सकता है आपको रिप्रेसमेंट देखने के लिए मिले लेकिन रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से तीन तक आ सकता है पांच नीचे मैंने तीन का आपको एक अच्छा सा स्टॉप प्लस बना के दिया हुआ है तकरीबन चार ये 24 रुपए का स्टॉप स्टॉपलस और टारगेट है आपका 30 रुपए का टू वन इंसू टू का स्टॉपल है कोची सी भी पीएसयू से ही बिलोंग करता है पीएसयू में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है इसलिए पीएसयू स्टॉक सी हमारे स्क्रीनर्स में आया है तो 382 के टारगेट में आप ले सकते हो अगर ये स्टॉक ले रहे हो और थ्री टच कर जाता है प्रॉफ़िट बुक करने से पहले काइंडली मैसेज करके पूछ लीजिएगा हो सकता है और मोमेंटम दे सके और अच्छा पैसा आप इसमें बना सको अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने से अच्छा है एक अच्छे से स्टॉक पकड़ के बढ़ते हुए शेयर प्राइस का मजा लेते जाओ तीसरा जो शेयर है आपका बिरला मनी ये बहुत ही अंडर स्टॉक है बहुत दिनों से ये चौपी मार्केट में बैठा हुआ था निगेटिव मार्केट में गया था आप अगर क्लियरली देख पाओगे तो यहाँ पे हो सकता है एक कप हैंडल बन के वापस चला जाए प्राइस बहुत ऊपर तक जा सकता है बस अच्छा स्टॉक है तो मैं डेली कैंडल चार्ट में जाता हूं अभी भी प्राइस ब्रेकआउट में नहीं हुआ है लोग ज्यादातर ब्रेकआउट के बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दे रहा हूँ फिफ्टी मतलब साठ के पास लगभग है ओपनिंग हो सकता है कल गैप ऑफ ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है जैसे ही गैप ऑफ ओपनिंग मिले एंट्री कर लीजिएगा फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी का स्टॉपलेस रखिए और सेवेंटी रुपीज का सत्तर रुपये का टारगेट रखिए ये इनिशियल टारगेट है मेरा टारगेट तो बहुत ऊपर है सेवेंटी का अगर टारगेट अचीव हो जाता है दस रुपये का तो प्लीज काइंडली प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछिए मैं आपको जवाब दूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये थे तीन स्टॉक जो आपके आने वाले दिनों में इनकम बना सकते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के बारे में मैंने बता चुका हूँ आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर कुछ क्वेरीज हैं तो मेरा नंबर इन्वेस्टमेंट ऑन वेबसाइट में है आप मैसेज कीजिए मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ये सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन